फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डेटे लेकर तो दोस्तों आज हम इस्टूडेंट बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के अंदर फूड कॉर्पोरेशन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 आ, संचालिक है नोएडा उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन मैं आपको दिखा देता हूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जोनल ऑफिसर नोएडा पाँच पाँच मतलब कि पाँच मई से आ, आज का ये नोटिस है जो कि रिलीज किया गया है और सर इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट कलेक्टेड अबाव काइंडली रेफर To your office email रिलेटेड बारह चार बाईस वाइड विच इंफॉर्मेशन पार्टीशनिंग डी आर वैकेंसी कैटेगरी नंबर टू थ्री एंड फोर एज़ ऑन अट्ठाईस फरवरी दो हज़ार बाईस हैज़ बीन नोट इन दिस रिगार्ड इट इज़ ए इंटीमेट डी आर वैकेंसी कैटेगरी नंबर दो इकतीस तीन बाईस एंड कैटेगरी नंबर थ्री एंड फोर हैज़ बिन कम्पाइल्ड एज़ ऑन अट्ठाईस फरवरी अकॉर्डिंगलीज़ बिन कंकोलीडेट बिलो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तो ये जो वैकन्सी है जो कि रिलीज़ किया गया है यहाँ पर कैटेगरी कैटेगरी है जो कि डिसक्लोज की गई है ऐसी के लिए यहाँ पर एक वैकन्सी है डिपोर्ट के लिए डिपोर्ट uh, डिपार्टमेंट में ठीक है और एसटी के लिए एक ओबीसी के लिए जीरो ईडब्ल्यूएस के लिए एक अन में जीरो तो, तो टोटल यहां पर थ्री वैकेंसीज़ हैं डिपोर्ट में ठीक है दोस्तों और जो uh, जर्नल की वैकेंसीज हैं यहां पर जनरल पोस्ट के लिए द टेंटि डियर वैकेंसी ऑफ कैटेगरी नंबर एज इकतीस मार्च दो का ये नोटिस है ठीक है दोस्तों टेक्निकल की दो वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं आप सभी के लिए अकाउंट्स के लिए तीन वैकेंसीज हैं ओ के लिए एक और ओ के लिए चार और टोटल यहां पर आठ वैकेंसी रहने वाली हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि फ़ूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज़ है नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ किया गया है अभी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाने बहुत ज़रूरी थी ठीक है दोस्तों तो आगे भी यहाँ पर टेक्निकल के लिए देख लेते हैं कंसोलीडेटेड डी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर अट्ठाईस फरवरी को ये जो निकलना था आ, नोटिफिकेशन जो अब जाकर निकला है ठीक है दोस्तों टेक्निकल के लिए एससी के लिए एक सौ बाईस वैकेंसीज़ हैं एच के लिए सात वैकेंसीज हैं ओबीसी के लिए एट्टी सेवन ई डब्ल्यू के लिए नाइन्टी एट अनडिज़र्व के लिए दो सौ सतासठ वैकेंसीज़ यहां पर आ रही हैं टोटल हैं पाँच वैकेंसीज हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए ठीक है दोस्तों तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें सभी अप्लाई करें उनका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई uh, हो जाएगा और हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि uh, किस तरीके से सिलेबस रहने वाला है किस तरीके से uh, आपका जो सारी डिटेल्स है वो रहने वाली है अकाउंट्स के लिए यहां पर 33 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं एसटी के लिए पाँच वैकेंसीज़ हैं डिपॉट के लिए दो वैकेंसीज़ हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिस है दोस्तों ये जो कि रिलीज़ किया गया है अभी आया है नोटिस जो कि आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी बहुत जरूरी थी और ये है ठीक है दोस्तों और ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक पहुँच बहुत ज़रूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो अभी हम रात में वीडियो बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी थोड़ा सा हम बिजी थे दिन में अंदर तो अभी हमें आप तक इन्फॉमेसन पहुँचाना बहुत जरूरी था तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक पहुँचानी बहुत जरूरी थी ठीक है दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें